नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे तमाम दर्शकों के कमेंट थे कि आशीष जी बुद्ध आदित्य योग के बारे में आप बताइए तो आज हम चर्चा करेंगे कि भावानुसार बुद्ध आदित्य योग भावानुसार मतलब कि बुद्ध आदित्य योग आपकी कुंडली के किस भाव में बन रहा है एक से लेकर के बारह भाव होते हैं यह आप सभी लोगों को पता होगा हो तो इसी के अनुसार आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा बुध आदित्य योग के बारे में देखिए दर्शकों एक चीज बता दें कि वैदिक ज्योतिष में प्रचलित परिभाषा के अनुसार किसी कुंडली के किसी भी घर में जब सूर्य तथा बुद्ध संयुक्त रूप से एक साथ स्थित हो इनकी जब युति होती है तो ऐसी कुंडली में बुद्ध आदित्य योग का निर्माण होता है दृष्टि संबंध से नहीं होता है सूर्य बुद्ध को ये देख रहा है तो योग का का का निर्माण निर्माण नहीं होगा होगा लेकिन यदि एक साथ बैठे हुए हैं इनकी युति है, तभी योग का होगा। इस योग प्रभाव जातक बुद्धि विश्लेषणात्मकता वाक कुशलता संचार कुशलता नेतृत्व करने की क्षमता एक बहुत अच्छा वक्ता बहुत अच्छा डिबेट करने वाला मान सम्मान प्रतिष्ठा तथा ऐसी ही अन्य कई विशेषताएँ प्रदान कर सकता है लेकिन इसकी क्या स्थिति है कैसे है इन सभी विषयों के लिए अंत तक दर्शकों हमारे साथ बने रहेगा देखिए दर्शकों बुद्ध हमारे सौर मंडल का सबसे मतलब जो है सूर्य से समीप यदि कोई ग्रह है तो बुद्ध है और बुद्ध राजकुमार ग्रह हमेशा युवा दिखने वाला ग्रह है और आप देखते होंगे जब टी चैनलों पर डिबेट आती होगी तो जो भी बहुत अच्छे वक्ता हैं हम किसी का देखिए नाम नहीं लेंगे लेकिन आप लोग तो जान गए होंगे उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग जरूर बनता होगा एक बात और बताएं जो है दर्शकों कि बुध सूर्य के चूंकि सबसे समीप रहता है तथा बहुत सी कुंडलियों में बुध तथा सूर्य एक साथ ही देखे जाते हैं लगभग 80 टू 90 परसेंट हमने ऐसे केसेस में देखे हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि इन सभी कुंडलियों में बुध आदित्य योग बन जाता जिससे अधिकतर जातक इस योग से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त करते हैं लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं है वास्तविक जीवन में देखने को ये चीज नहीं मिलता है क्योंकि इस योग के द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताएं केवल कुछ ही विशेष जातकों में ही देखने को मिलती है इसलिए ये कहा जा सकता है कि बुध आदित्य योग की परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है हमारा दर्शकों चर्चा का विषय ही यही था कि मतलब तमाम लोग कहते हैं पंडित जी हमारी कुंडली में बुधादित्य योग बना है अब वो जन्म कुंडली तो देखते हैं लेकिन भावचरित कुंडली नहीं देखते हैं सब डिविजनल चार्ट में बुद्ध और सूर्य की क्या पोजीशन है तो कुंडली किसी लग्न से ही मान करके जो है कोई प्रिडिक्शन कर दे या कोई उपाय बता दे तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी तो कभी भी देखिए दर्शकों जब भी कुंडली जो है आपको दिखाना है तो किसी योग्य व्यक्ति के पास जाए अनुभवी व्यक्ति के पास जाएँ तब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और बहुत जरूरी हो गया क्योंकि अस्सी परसेंट लोगों की कुंडली में बुधाधित योग होता है सब लोग देख कर रहे? बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है बहुत अच्छा इसकी कैलकुलेशन बहुत तेज होगी इसकी वाक्य लेकिन उसके विपरीत होता है बच्चा मैथ लेता ही नहीं मैथ में फेल होता है बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता है तो कुछ अन्य तथ्यों के विषय में भी जो है विचार जानना इसके लिए आवश्यक होता है कुंडली में किसी कुंडली में किसी भी शुभ योग के बनने के लिए दर्शकों देखिए ये आवश्यक है कि उस योग का निर्माण करने वाले सभी ग्रह कुंडली में शुभ रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखना होता है क्योंकि अशुभ ग्रह शुभ योगों का निर्माण नहीं करते अपितु अशुभ योगों अथवा दोषों का निर्माण ही करते हैं इसी आधार पर दर्शकों कहते हैं कि किसी कुंडली में बुद्ध आदित्य योग के बनने के लिए कुंडली में सूर्य तथा बुद्ध दोनों का शुभ होना आवश्यक है अब जैसे बुद्ध यहाँ पर मीन राशि में जाकर के नीच के होते हैं कन्या राशि में स्वाग्रही अपनी राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि मतलब अपनी राशि में कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं वहीं सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं तथा तुला राशि में नीच के होते हैं अब पता चला कि ये लोग क्या कहते हैं नीच जो है क्या कहते हैं सूर्य नीच के हो गया नीच के हो गए और बुद्ध सूर्य के साथ राहू भी आ गया तो कहाँ से बुद्धादित्य योग आप लोगों का फलित होगा तो कुंडली में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है उदाहरण के लिए किसी कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर बुद्ध के शुभ होने पर तथा सूर्य बुद्ध के संयुक्त होने पर कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण नहीं होगा बल्कि इस स्थिति में अशुभ सूर्य के कारण शुभ बुद्ध को हानि पहुंचेगी, जिसके कारण बुद्ध की विशेषताओं से जुड़े हुए क्षेत्रों में जातक को हानि उठानी पड़ सकती है तथा कुंडली में बुद्ध के अशुभ और सूर्य के शुभ होकर संयुक्त होने की स्थिति में भी इस दोष का निर्माण मैं दर्शक को अपनी भाषा में बता रहा हूँ नहीं मानता हूँ एक बात और बताना चाहेंगे किसी कुंडली में सबसे बुरी स्थिति तब पैदा होती है जब कुंडली में सूर्य तथा बुद्ध दोनों ही अशुभ होकर के संयुक्त हो क्योंकि इस स्थिति में जातक को दोनों ही ग्रहों की विशेषताओं से संबंधित क्षेत्रों में हानि उठानी पड़ सकती है इसलिए किसी कुंडली में बुधाधित योग के निर्माण के लिए सूर्य तथा बुद्ध दोनों का ही शुभ होना आवश्यक है तो दर्शकों यहाँ पर, यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य ये है कि कुंडली में सूर्य तथा बुद्ध दोनों के शुभ होकर संयुक्त हो जाने से बुद्ध आदित्य योग का निर्माण होने पर भी इस योग से संबंधित शुभ फलों को बताने से पहले कुंडली में सूर्य तथा बुद्ध का बल तथा स्थिति उनके ग्रहों के अंश किस नक्षत्र में हैं ये देख लेना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि प्रिडिक्शन में काफ़ी कुछ अंतर आ जाता है उदाहरण के लिए एक चीज़ बताएं कुंडली में तुला अथवा मीन राशि में यदि सूर्य तथा बुद्ध के संयोग से बनने पर यह योग जातक के लिए अधिक फलदायी नहीं होगा हमने आपको पहले भी बता दिया कि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और मीन राशि में बुद्ध बलहीन हो जाते हैं नीच के होते हैं तो दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि अब आपके प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक की जो है ये बुधादित योग यदि शुभ स्थिति में है तो क्या कुछ होगा तो यदि लग्न में बुधादित योग आपके बना हुआ है तो जो जिस भी जातक की कुंडली में बना हुआ होगा तो बालक का कद माता पिता के बीच का होता है मतलब मदर एंड फादर के बीच का होता है यदि वृक्ष कन्या तुला वृश्चिक धनु कुंभ राशि लग्न में हो तो लंबा कद होता है जातक का स्वभाव बड़ा कठोर होगा तथा वात पित्त कफ स्रोत से ये जातक पीड़ित होता है बाल्यावस्था में कान नाक आंख गला दांत आदि में कष्ट सहन करना पड़ता है स्वभाव से वीर होता है क्षमाशील होता है कुशाग्र बुद्धि उदार साहसी एवं आत्मसम्मानी होता है स्त्री जातक में प्रायः देखी वो लोग चिड़चिड़ापन ज्यादा करती हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन तथा बालों में थोड़ा सा जो है आप भूरापन भी उनके उसमें देखा जा सकता है मतान्तर से लग्न में स्थित बुधादित योग जातक को मान सम्मान प्रसिद्धि व्यवसायिक सफलता तथा अन्य कहीं प्रकार के शुभ फल प्रदान कर सकता है वहीं यदि द्वितीय भाव में बुधादित योग हो तो जातक को तार्किक अभिव्यक्ति की आजादी देता है व्यवहार में लेकिन शून्यता से उनके झलकती है कई अभियंताओं घूसखोरों एवं लोन लेकर के तथा दूसरों के धन से व्यवसाय करने वाले या दूसरों की पुस्तकें लेकर के अध्ययन करने वाले लोगों के लिए ये बुधातित योग ऐसे बनता है यह योग जातक को धन संपत्ति ऐश्वर्य सुखी वैवाहिक जीवन तथा अन्य कई प्रकार के शुभ फल प्रदान कर सकता है वही तृतीय स्थान पर यदि बुधादित योग बना हुआ है तो जातक स्वयं परिश्रमी होता है तथा भाई बहनों में आत्मीय इसने नहीं पा सकता है जो है जातक के मौसी को कष्ट रहता है तथा भाग्योदय के अनेक अवसर जातक खो देता है पात्रता के अनुरूप नौकरी पेशा तथा व्यवसाय अवश्य प्रदान ये बुधादित योग करवाता है लेकिन पारिवारिक खुशहाली में बाधक होता है तीसरे घर में ये योग जातक को बहुत अच्छी रचनात्मक क्षमता प्रदान करता है जिसके चलते ऐसे जातक रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसके अतिरिक्त तीसरे घर का बुधादित्य योग जातक को सेना अथवा पुलिस में किसी अच्छे पद की प्राप्ति करवाता है तीसरा स्थान पराक्रम का है और सेना और पुलिस जो है ये पराक्रम ही दिखाती है वहीं फोर्थ हाउस अर्थात सुख का जो घर होता है वहाँ पर बुधादित्य योग का क्या फल होगा क्या फल होगा तो इस भाव के योग को अधिकतर विद्वान एवं ग्रंथ श्रेष्ठ मानते हैं चतुर्थ भाव में बुधाधित योग मनुष्यों को आशाती सफलता प्रदान करने वाला होता है संस्था प्रधान किसी संस्था का वो मुखिया होगा प्रधान होगा तार्किक मति मति मतलब होता है बुद्धि तो बहुत तार्किक बुद्धि का होगा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं कुलपति होते हैं ऐसे जाकर बनते हैं इसके अलावा बहुत अच्छे प्रोफेसर बनते हैं इंजीनियर बनते हैं सफल राजनेता बनते हैं न्यायाधीश बनते हैं या उच्च कोटि का अपराधी भी देखिए ये बनवा देता है इस स्थिति में माता का जो स्वास्थ्य रहता है ये चिंताजनक तथा पत्नी के भाग्य का सहारा आप लोगों को मिलता है अपनी स्थायी संपत्ति होते हुए भी दूसरों या सरकारी वाहनों भवनों का उपयोग करने वाला तथा विषमलिंगी मित्रों का सहयोग एवं प्रेम करने वाला होता है या योग जातक को सुखमय वैवाहिक जीवन ऐश्वर्धता रहने के लिए सुंदर तथा सुविधाजनक घर बिला फ्लैट जो भी आप कह लीजिए बंगला कह लीजिए लग्जीरियस वाहन सुख तथा विदेश भ्रमण आदि जैसे शुभ फल प्रदान कर सकता है वहीं पंचम भाव पंचम भाव में यदि योग बनता है तो दर्शकों देखिए अगर अशुभ स्थिति में है तो अल्प संतान लेकिन वो जो संतान जैसे एक संतान है तो प्रतिभा संपन्न संतान वो प्रदान करवाएगा चित्त में उद्विग्नता वात रोग एवं व्यकृत संबंधी कोई जो है विकार की प्रबल संभावना बनाता है घर में भाभी या बड़ी बहन से वैचारिक मध्य होते हैं मेष, वृश्चिक धनु मीन राशि में यह योग अल्प संतान प्रदान जो है प्रदाता होता है स्त्री ग्रहों से दृष्ट होने पर कन्या संतान की अधिकता होती है पांचवे घर का बुधाधित योग जातक को बहुत अच्छी कलात्मक क्षमता नेतृत्व क्षमता तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है जिसके चलते ऐसा जातक अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता के नए नए आयाम नए नए शिखर स्थापित करता है तो दर्शकों अब छठवे भाव पर आते हैं छठवे भाव में यदि आपके कुंडली में सूर्य बुद्ध का आदित्य योग है तो सत जो आपके शत्रु हैं शत्रुओं की मिथ्या विरोधी क्रियाओं से चिंतायुक्त होते हुए भी आत्मविश्वास बना रहता है मामा अच्छे से बचपन में लाभ मिलता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपको सहयोग नहीं मिलेगा इस भाव में यह युग जातक को एक सफल वकील एक अच्छा सा जो है जज चिकित्सक इवन ज्योतिषी आदमी बना सकता है अगर अच्छी स्थिति में है तो आपके कंपटीशन के एग्जाम क्रैक करवाएगा आप आईआरएस वगैरह या टीओ वगैरह या जो भी ट्रेजरी से रिलेटेड रुपए पैसों से रिलेटेड पोस्ट है इस पर आप लोग जा सकते हैं इस योग के प्रभाव में आने वाले जातक छठे स्थान पर अपने व्यवसाय के माध्यम से बहुत सारा धन तथा ख्याति अर्जित कर सकते हैं वही, वही सप्तम स्थान में यदि आपकी कुंडली में बुधाधित योग बनता है तो ऐसे लोग प्रायः चिकित्सक अभिनेता निजी सहायक रत्न व्यवसायी गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी से रिलेटेड समाज सेवा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से, से संबंध होते हैं एनजीओ से संबंध होते हैं सिंह या मेष राशि सप्तम में हो तो एक निष्ठ होते हैं शुभ ग्रहों की दृष्टि ओम सानिध्य इन योगों में बड़ा भारी परिवर्तन भी करा देता है जातक के वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है तथा यह योग जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा तथा प्रभुत्व वाला कोई पथ भी दिला सकता है बसरते ये है कि सूर्य बुद्ध का ये योग शुभ स्थिति में हो वही अष्टम भाव में यदि बुधाधित योग हो तो जातक किसी को सहयोग करने के चक्कर में स्वयं उलझ जाता है दुर्घटना में पैर हाथ गाल नाखून दांत चोट आदि का भय बना रहता है विदेशी मुद्रा से व्यापार किडनी में स्टोन अमाशय में जलन तथा आतों में विकार भी इस योग का परिणाम बन जाता है कुंडली के आठवें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को किसी वसीयत आदि के माध्यम से भी अचानक से धन परिवर्तन जो है प्राप्त करवाता है देखिए अष्टम स्थान जो होता है ये आकस्मिक परिवर्तन का होता है आपके जीवन में कोई भी आकस्मिक चीज़ें होंगी जो आपने अनएक्सपेक्टेड की थी उसको आप लोग आठवें घर से देखिए तो आपको पता चलेगा यह तो वही यदि नवम स्थान यानी कि भाग्य के घर पर बुधाधित योग बन रहा है तो जातक को शुभ स्थिति में है तो स्वाभिमानी के साथ साथ अहम कार्य बना लेता है तथा प्रारंभ में कई सु अवसरों का परित्याग बड़े भारी पश्चाताप का आप लोगों के कारण बना देता है नवे घर में बुधाधित योग जातक को उसके जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता प्रदान करवा सकता है तथा इस योग के शुभ प्रभाव में आने वाले जातक केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री पद अथवा किसी प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था में उच्च पद पर भी प्राप्त होते हैं जैसे महामंडलेश्वर हो गए पीठाधीश्वर हो गए जो भी अखाड़े हैं इनके प्रमुख हो गए या किसी बहुत बड़े मंदिर में बहुत बड़े पद पे आ, कोई पुजारी हो गया तो ये चीज़ें नव स्थान का बुधाधित योग करवाता है वहीं दसम स्थान में यदि बुधाधित योग बना हुआ है दसम भाव में बना हुआ है तो जैसा जातक बुद्धिमान धन कमाने में चतुर साहसी एवं संगीत प्रेमी होता है जा अपने भुजबल से धन कमाता है पुत्र पौत्रादि सुख से संपन्न लेकिन एक संतान से चिंतित भी बना रहता है धार्मिक स्थानों का निर्माण लंबी ख्याति ऐसे जातक को प्रदान कराता है इस घर में बनने वाला बुधादित योग जातक को उसके व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता प्रदान कर सकता है तथा ऐसा जातक अपने किसी आविष्कार खोज अथवा अनुसंधान के सफल होने के कारण बहुत ख्याति भी प्राप्त कर सकता है वहीं यदि एकादश था में सूर्य बुद्ध का आदित्य योग बना हुआ है तो जातक यशस्वी ज्ञानी संगीत विद्या का प्रिय रूपवान एवं धन धान से संपन्न करवाता है एकादश स्थान देखिए इनकम का है तो अगर बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो कोई बहुत बड़ा समझ लीजिए कि वो बिजनेसमैन होगा लोक सेवा के लिए सरकार एवं अनेक प्रतिष्ठानों से धन की प्राप्ति होती है बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत बड़े बिल्डर ये लोग होते हैं ग्यारहवें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को प्रचुर मात्रा में बहुत मात्रा में धन प्राप्त करवाता इवन कुबेर के बराबर भी धन प्राप्त करवा देता है बुधादित योग के प्रभाव में आने वाला जातक सरकार में मंत्री पद अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठा अथवा प्रभुत्व वाला पद भी प्राप्त कर सकता है लेकिन द्वादश भाव में यदि बुधाधित योग बना हुआ है द्वादश स्थान जो होता है ये व्यय का होता है हानि का होता है खर्च का होता है शैया सुख का होता है तो द्वादश भाव में बुधाधित योग बना है तो देखिए आपके चाचा और ताऊ से विरोध करवाता है तथा अपनी संपत्ति आपकी मतलब संपत्ति उनके चंकुल में फंस जाती है जुआ सट्टा शेयर या अन्य आकस्मिक धन लाभ के व्यवसायों में फंसकर अपना ऐसे लोग सर्वस लुटा देते हैं जैसे युधिष्ठिर जो है जुए में सब कुछ हार गए थे बारहवें घर में बुधादित योग जातक को विदेशों में सफलता अगर शुभ स्थिति में बुध हैं बुधाधित योग बना हुआ है वैवाहिक जीवन में सुख तथा आध्यात्मिक विकास प्रदान कर सकता है इस योग के देखिए दर्शकों कई अपवाद भी हैं बुधादित योग को राशि एवं अन्य ग्रहों के संबंध भी प्रभावित करते हैं लेकिन अलग अलग भावों में एकाकी हो तो ऐसा ही फल प्रदान करते हैं लगभग आपको 90 से निन्यानबे परसेंट यही फल मिलेंगे तो दर्शकों जो भी बुधाधित योग के बारे में मित्र था हमने तमाम यूट्यूब चैनल पर भी देखा तमाम फेसबुक पर भी आर्टिकल वगैरह पढ़े लेकिन दर्शकों जो बुधादित यो, योग से जुड़ी जानकारी थी उम्मीद करते हैं जो हमने आपको जानकारी दी होगी ये सबसे बेस्ट होगी और आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली उठाइए चलते फिरते ज्योतिषी बनिए और एक बार देखिए कि आपके कुंडली में बुधादित योग किस भाव में बना हुआ है और जो जो हमने बताया है क्या ये सही है कि नहीं है दर्शकों चलते चलते हम आपको उपाय बता देते हैं क्योंकि हमारा जो है भाव फल विश्लेषण था उपाय नहीं था लेकिन फिर भी हम आपको उपाय बता देते हैं देखिए सबसे पहले तो रविवार वाले दिन कोशिश कीजिए कि गुड़ का सेवन करिए सूर्य के प्रकाश में आप थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करिए सनलाइट में आप बैठिए दूसरा दर्शक को करना क्या रहेगा तांबे के पात्र में जल का जितना अधिक सेवन कर सकते हैं कर लीजिए लेकिन जब तांबे के गिलास में आप पानी पियेंगे तो पानी पीने के उपरांत आपको गिलास को उल्टा करके रख देना है तीसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि सूर्य को यदि आपको अपने इस बुधादित योग का लाभ लेना है तो अपने माता के और अपने पिता के चरण जरूर स्पर्श करिए इसके साथ साथ भाई बहनों से अपने संबंध बहुत म, जो है मधुर रखिए आपका छोटा भाई या बड़ा भाई आपके साथ भले ही अन्याय करे लेकिन आप मत उसके साथ अन्याय करिए कोई भी जो है हीन भावना मन में न रखिए एक उपाय और बताएंगे कि कोशिश कीजिएगा कि गणपतिथर्व शीर्ष का पाठ आप लोग करिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ संयुक्त रूप से सूर्य के प्रकाश में बैठ करके यदि आप करते हैं तो ये जो बुधाधित योग है या इसका आपको कुप्रभाव मिल रहा है अशुभ स्थिति में है तो आपको शुभ फल मिलने लगेगा और यदि शुभ स्थिति में है तो और भी अच्छे फल मिलेंगे लेकिन जो आदित्य हृदय स्त्रोत रहेगा वो महर्षि वाल्मीकि जो है जो रामायण में दिया गया है उस स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए दर्शकों यदि आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप लोग हमारे जो है स्क्रीन के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं शुल्क के साथ ही सुविधा है दर्शकों यदि आपको अपने कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न निशुल्क पूछना है तो आप हमारे डेली राशिफल को प्रतिदिन देख सकते हैं वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस कमेंट कर सकते हैं और अगले दिन के राशिफल में उसका प्रति आपको मिलेगा दर्शकों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार